हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कैडिच और गेमिंग पर तो आज हम आज से माइन क्राफ्ट की न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले सर्वाइवल सीरीज़ तो चलो पहले सबसे पहले वर्ल्ड बनाते हैं नहीं नहीं सबसे पहले आप सब्सक्राइब करेंगे फिर वीडियो को लाइक करेंगे और प्यारा सा कॉमेंट भी जरूर करेगा हम इसके थोड़ा मोड लगा रहे एक गिलास वाला मोड है इसी क्या होगा हम जो गिलासना अच्छा क्लियर दिखेगा तो चलो हमारा वर्ल्ड क्रिएट करते हैं हो है, okay. दिखे दिखे दिखे। है। है लोडिंग देखो स्पेक्स, ओके, बिल्डिंग ठीक भाई जल्दी यार, इतना आराम से हो रहा तो, तो बनाना तो होगा को हमने मिल गई तो नहीं आएंगे तो हमारे पेड़ बना लेते तो तो हैं हम पूछा होगा कौन से आगे मुझे पता ही नहीं चला वो चलो चलो सामने जाके सबसे पहले हमारा पेशेंटूस थोड़ा विलेज धोलेंगे हम विलेज धोने के बाद वहाँ पे लूट करेंगे भाई से चलो चलो ये भी दिखे दिखे दिखे दिखे दिखे। अच्छा सा अच्छा सा पहले जब भी आवाज़ कहाँ से आ गया जब भी हटाया यहाँ से अंदर होगा ना उसकी आवाज़ उसके अंदर होगा ओ होगा तो कुछ नहीं होगा जल्दी बहुत आगे जाना पड़ेगा हमको फूड भी चाहिए काम मिलेगा हमको थोड़ा चलो एक और का मिल जाए फूड हो गया हमको चाहिए होगा स्टोन। स्टोन कहाँ पे स्टोन से। तो लेके फिर हमको खाना भी बनाना पड़ेगा ये सब हमारे काम की नहीं भाई वो स्टोन चाहिए यार स्टोन। चलो साधन स्टोन स्टोन तोड़ के हमको टूल बनाना पड़ेगा शरीर तो हो भाई साहब कितने भी भाई है दिख रहे हो जाएँगे तो वापिस होने जाएंगे हमें आने जाइएंगे बहुत बड़ी पेयर है यार ये बहुत जल्दी होंगे पे शरीर हो जाएगी स्टोन मिल गया स्टोन तोड़ते हैं पहले थोड़ा बहुत कॉल भी मिल जाएगा अच्छा आएगा चलो तोड़ रहा है ये स्टोर कितना फास्ट नहीं टूटता वुड की पिकेक्स है ना इसके लिए फास्ट नहीं तोड़ पा रही है या स्टोन की होती या आयरन की होती ना बहुत जल्दी टूट जाता है स्टोन एलेवन स्टोन हो गया हमारे पास ट्वेल्व हो गया थर्टीन हो गया पहले टूल्स बनाते हैं पहले तो लकड़िया तो फाइनली हमने स्टोन की टूल्स बना लिए, बिल्कुल तो इतना फास्ट टूट रहा है लोहा लोहे लोहा काटता है ना स्टोन स्टोन को काटता है। थोड़ा सब कोई गया। हमने फर्नेस भी बना लिया है फर्नेस में रखते हैं हुए बोलने के लिए ये थोड़ा स्प्लोर करते हैं यहाँ की सीट हाँ गई भाई बेड बनाने बहुत जरूरी है <laughs> तो थैंक यू अभी हमको हर एक दो सीट चाहिए हम लोग एक ही वो लोग आए और दो सीट चाहिए यार चलो उसका भी मीट हमें ले लिया ओह हर एक मिल मिली यार पीछे भाई चार ना फास्ट हमको और एक सीट चाहिए वो हमारा बैगल बढ़ेगा देखते फर्ज में चलो होगा फूट देखो अंदाजा लेगा या नहीं और मिल गई हमको बैग की जरूरत है आगे बढ़ते हैं अगर वीडियो कर नए आए हो तो वीडियो को लाइक करो चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना थोड़ा जल्दी सब्सक्राइब करो कर दिया आगे आगे तो, जिले रहा या ले तो दोस्तों इस वीडियो को रखते हैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में चैनल पर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना आपको फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो न्यू प्लेयर है जिसको माइक्राफ़ पता नहीं किसाइव करना है कैसे करना है तो आप ये मेरी वीडियो को मैं कर सकते हो चलो वीडियो में सबसे